हे कंस्थी दिवलो हे जी पधारो म्हारे हांगिनी पदो थारी में बुडागा जोहि तदिवा हम जनी कलाया दुखिया राजा सा ओ ऐसी दी रारा दुखिया राजा रो हो आज ये बेकरगी कैसे यार ओ मां आज ये बेकर हो गए ना जाप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 going to go